नमस्कार स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत है दिसंबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में तुला राशि के जात को दिसंबर का यह माह आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है वर्ष का अंतिम माह है तो आप लोगों की भी उम्मीदें इस माह पर बहुत ही ज्यादा टिकी हुई होंगे बिस्बो अर्थात हसरत भरी निगाह से आप लोग जो है देख रहे होंगे की वर्ष का अंतिम माह ये कैसा जाएगा तो आपके अंदर छिपी हुई इसी उत्सुकता को कम करने के लिए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष तुला राशि का दिसंबर माह का राशिफल प्रस्तुत करता रहा हूँ साथ ही साथ दर्शकों आ, इस माह को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग आपको बताएंगे तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक ऐसा हम आपको टिप्स देंगे कि आप लोगों के पास माँ लक्ष्मी का आगमन होता ही जाएगा होता ही जाएगा तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा आगे बढ़े दर्शकों तो जो भी हमारे दर्शक जयपुर से या दिल्ली से हैं तो 21 और 22 दिसंबर जयपुर आगमन होगा और दिल्ली में 28 और 29 दिसंबर का आगमन होगा आप लोग आकर के मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों आप लोग स्क्रीन पर देखिए हरियाणा चुनाव के बारे में जो भी हमने भविष्यवाणी की थी महाराष्ट्र के बारे में की थी राम मंदिर के लिए हमने डेढ़ वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी ये सभी भविष्यवाणी अच्छा सत्य साबित हुई हैं आप लोग हमारे प्ले में जा करके देख सकते हैं तुला राशि के जातकों के लिए साल दो राशिफल हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है आप लोग जा करके देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमने अपने जो है चैनल पर अपलोड किया है ट्रांजिक्ट जी हां देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन इससे संबंधित इंडिविजुअल वीडियो आप लोगों के लिए डाला सनी से रिलेटेड इंडिविजुअल वीडियो आप लोगों के लिए डाला तो आप लोग जाइए देखिए और इसका लाभ जरूर उठाइए तो चलिए दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से इस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए दर्शकों दो तारीख सोमवार दिन रहेगा चंपा चंपाषष्ठी रहेगी चार तारीख को बुधवार दिन रहेगा और दुर्गा अष्टमी भी रहेगी इसके साथ साथ दर्शकों आठ तारीख रविवार दिन रहेगा और मुच्छता एकादशी रहेगी गीता जयंती मत्स्य द्वादशी भी इसी दिन मनाई जाएगी नौ तारीख को सोमवार दिन रहेगा और प्रदोष व्रत रहेगा वहीं 11 तारीख को बुधवार दिन रहेगा और पूर्णिमा का व्रत रहेगा रोहड़ी व्रत भी इस दिन रहता है दर्शकों पंद्रह तारीख को रविवार दिन रहेगा और संकष्टी चतुर्थी रहेगी सोलह तारीख सोमवार दिन और धनु संक्रांति रहेगी संक्रांति का मतलब सीधा सा जानिए कि सूर्य देव जब अपनी राशि मतलब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसी को संक्रांति कहते हैं अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं है। सोलह तारीख को ये धनु में जाएंगे तो धनु संक्रांति होगी उसके बाद मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति होगी फिर कुंभ संक्रांति होगी तो ये संक्रांति होती है इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो है 22 तारीख को सफला एकादशी का व्रत रहेगा और साल का वर्ष का सबसे छोटा दिन भी रहेगा 23 तारीख को सोमवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा 25 तारीख को बड़ा दिन अर्थात मेरी क्रिसमस जी क्रिसमस पर्व को आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी जो है आप लोग यदि क्रिश्चियन से जो है बिलोंग रखते हैं क्रिश्चियन से बिलोंग रखते हैं तो हमारी तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं 26 तारीख को सूर्य ग्रहण रहेगा रहे और अमावस्या तिथि रहेगी पौष अमावस्या रहेगी पौष की तो दर्शकों इससे रिलेटेड भी एक वीडियो हम अलग से आप लोगों को बनाएंगे तो चलते हैं इस माह के जो है आप लोगों के ग्रही गोचर व्यवस्था क्या रहती है आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए कि मंगल आपके तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे चंद्रमंगल का अद्भुत महालक्ष्मी योग बन रहा सूर्य और बुद्ध वृश्चिक राशि में सूर्य बेसिकली 16 तारीख तक की वृश्चिक राशि में रहेंगे इसके बाद धनु राशि में संचय करेंगे गुरु शनि केतु ये धनु राशि में संचरण कर रहे शुक्र देव जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं राहु यहाँ पर मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो इन्हीं क्या कहते हैं जो है ग्रहों के आधार पर नक्षत्रों के आधार पर चंद्रमा को मानक मान करके राशिफल बनाए तमाम दर्शकों के प्रश्न हैं कि प्रस्तुत राशिफल किस पर आधारित है तो हमारा ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी जन्मकुंडली में चंद्र राशि जो होगी आप लोग उससे देखिएगा देसे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि ना चिंतित विवाहित सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि ना चिंतित तो शास्त्र भी कहता है आप लोग जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए नाम राशि की चिंता मत करिए लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले अब हम आपको धन प्राप्ति का वो उपाय बताते हैं देखिए दर्शकों करना क्या रहेगा प्रतिदिन आपको उठना है प्रातःकाल और केसर लेना है केसर में थोड़ा सा आप दूध डाल लीजिएगा और गंगाजल जल डाल के अच्छे से जो है उसका जो है आप लिक्विड बना लीजिएगा और उस लिक्विड को आपको जो है पारद शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र से आपको प्रतिदिन अर्पित करना रहेगा यकीन मानिए दर्शकों ये प्रयोग आप करके देखिए धन के सारे आमद जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे फिर से बताए दे रहे हैं केसर कुछ पत्ती ले लीजिएगा थोड़ा सा आप गंगा जल लीजिए थोड़ा सा उसमें दूध डाल के अच्छे से मिक्सचर कर लीजिए केसर बहुत अच्छे से मिल जाए और पारद शिवलिंग ले आइए पारद शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र से प्रतिदिन जो है आप जो है सुबह उठ करके जरूर अर्पित करिए ये क्रिया यदि सोमवार से आप लोग शुरू करते हैं तो बेटा रहेगा दूसरा एक प्रयोग हम आप लोगों को और बताते हैं धन संबंधी योग ये प्रयोग रहेगा प्रातःकाल जब भी उठते हैं दोनों हथेलियों के दर्शन करिए और दर्शन करने के उपरांत 21 बार गायत्री मंत्र का आप लोग उच्चारण करिए दिसंबर का पूरा माह अब ये क्रिया करके देखिए जो भी आप लोगों के कमेंट आएंगे ना हमें माँ गायत्री पर पूरा भरोसा है भगवान भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है कि सकारात्मक ही आएंगे तो चलिए दर्शकों ये तो था धन संबंधी प्रयोग अब बढ़ते हैं राशि फल पर दिसंबर का माह तुला राशि के जातकों के लिए कैसा कुछ रहेगा तो देखिए वर्ष के आखिरी महीने में अविवाहित तुला राशि के जातकों को मौका मिल सकता है विवाह के बंधन में बन सकते हैं आपको उस व्यक्ति के लिए लड़ना होगा जिनसे आप प्यार करते हैं ऐसे ही नहीं मिलेगा जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना चाह जो है पड़ेगा पंचम स्थान प्रेम संबंध का होता है पंचमेश के जो लॉर्ड है ये कर्म भाव में आ गए माफ़ करिएगा ये पराक्रम के घर में आ गए तृतीय स्थान होता पराक्रम का तो पराक्रम के बल पर आप इस माह जिनसे आप प्यार करते होंगे उनके साथ विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई पड़ना लेकिन केतु बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर टांग बहुत अड़ाएगा आपके परिवार में आपके माता पिता बात मानेंगे नहीं धार्मिक भावनाओं को आगे ले जाने वाले होते हैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे लेकिन आपको मनाना पड़ेगा दूसरा दर्शकों यहाँ पर हम आपको लोगों को बताना चाहते हैं देखिए मंगलदेव यहाँ अपनी राशि को देख रहे हैं तो जिनकी वैवाहिक जीवन है मतलब जिनकी शादी हो चुकी है विवाह के पश्चात उनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस माह में आप जीवन साथी के साथ घूमने फिरने के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं जीवन साथी के मदद से आपके कई उलझे हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सेकंड हाउस में सूर्य बुद्ध का आदित्य योग ये दिखा रहा है कि आप अपने वाक्यपता के बल पर अपने कार्य में अभीष्ट की सिद्धि करेंगे उच्च अधिकारी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और आपको कोई इनाम भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस माह आपको कोई नई नौकरी कोई नई जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकती है दिसंबर में आपकी भावनाएं बहुत मजबूत रहेंगी आ, लेकिन एक चीज़ और करिएगा दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको पढ़ना नहीं रहेगा साल का चूंकि अंतिम माह रहेगा तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना रहेगा मुकाबला करना पड़ेगा दिसंबर में आपको पता चलेगा कि आप खुश हैं और आपकी सभी समस्याओं के बावजूद भी आपका जो जीवन है ये ईश्वर स्मूथ कर रहे हैं सुंदर तरीके से चला रहे हैं इस वर्ष के अंतिम माह में तुला राशि के जातकों को समृद्धता हासिल होगी जो हमने प्रयोग जो है प्रारंभ में बताया है उसके कारण आपको लाभ बहुत बहुत ही प्रचुर मतलब जो जो जो जो है है है है मात्रा में मिलेंगे इन स्थितियों के कारण आप बहुत कुछ क्या क्या कहते है, जो है, क्या कहते हैं हैं सामान या एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव अपने दोस्तों को आप लोग देंगे जो आपका भाग्य था अभी तक साथ नहीं दे रहा था तो इस माह देगा आप अपने पार्टनर के साथ या किसी मित्र के साथ जो है क्या कहते हैं कहीं पर बाहर घूमने जा सकते हैं यदि आप बॉलीवुड से रिलेटेड हैं या कोई बहुत अच्छे डांस से रिलेटेड टैलेंट शो में जा रहे हैं तो वहां पर आप लोग सक्सेस होंगे माह का अंतिम माफ़ करिएगा वर्ष का अंतिम माह आपके लिए कई मामलों में अच्छी चीज़ें लेकर आया है पहली चीज़ तो आपको रोजी रोजगार तथा कार्यालय की उलझने समाप्त कराएगा दूसरा आपको व्यवसायिक लाभ भी देगा तीसरा आपको धन आगमन में जो बाधा आ रही थी वो भी दूर करेगा और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाएगा विरोधी जो आपके रहेंगे ये दूर होंगे विरोधी आपके मित्र बन जाएंगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत रहेगी शासकीय सहायता प्राप्त करने में जो कठिनाई चली आ रही थी वो समाप्त होगी परिश्रम तथा साहस में कुछ आपके जो है इस बीच कमी आ सकती है अपनों से आप डर सकते हैं वाक्य चातुर्य से प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्तियों का आपको सानिध्य प्राप्त होगा बहुमूल्य वस्तुओं तथा जो है सुखोपभोग की वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति बनेगी धार्मिक कार्यों से थोड़ा सा मन खिन्न होगा दूर रहेंगे लेकिन सिक्सेंस आपका बड़ा स्ट्रांग रहेगा आप जो सोचेंगे वो होगा और आप जिनके बारे में सोचेंगे कि ये हमको चीट करेगा वो आपको निश्चित ही चीट करेगा तो ऐसे व्यक्ति से आपको बचना रहेगा वहीं 15 दिसंबर के बाद आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति में थोड़े से अवरोध बनेंगे आर्थिक संतुलन थोड़े से तनावपूर्ण रहेंगे लेकिन जो उपाय बताए हैं उसको करते रहिएगा दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद आएगा स्वभाव की नम्रता से बाधाओं तथा अवरोधों का जो है समाधान होगा 16 दिसंबर से लेकर के मंत के एंड तक सुख तथा आनंद का वातावरण बनेगा परिश्रम के अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त होगा सज्जनों तथा उच्च अधिकारियों से आपके नए नए संपर्क रेफरेंसेज स्थापित होंगे मित्रों के मध्य आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तथा व्यवहारिकता बढ़ेगी संतान के दायित्व की पूर्ति होगी पुत्र तथा मित्रों के माध्यम से धन लाभ होगा आपको कोई रोगों से मुक्ति मिलेगी आपके स्वभाव में जो कठोरता थी इसमें थोड़ी सी कमी आएगी जो भी आप लोग डरते थे प्रशासनिक तो भय से ये समाप्त होगा किसी नए स्थान पर कार्यभार संभालने का अवसर इस माह आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अपने सदव्यवहार से कार्यों में आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे चोरी अथवा अग्निकांड से धन संपत्ति की अल्प हानि होगी यात्राओं में अपने लगेज का विशेष ध्यान रखिएगा आपकी कोई कीमती वस्तु गुम हो सकती है इस माह के लिए दर्शकों ये तो थे प्रिडिक्शन तुला राश के जातकों का बहुत ज़्यादा अगर आपको डीप में जानना है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आपके शहर में आते हैं जयपुर में इक्कीस 22 दिसंबर आना होगा आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं दिल्ली अट्ठाईस 29 दिसंबर आना होगा आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नहीं अगर आप आ सकते हैं मिलने तो टेलीफोन के माध्यम से भी आप लोग हमारे कार्यालय में संपर्क करके मिल सकते हैं प्रतिदिन का राशिफल आप लोग देखिए दैनिक राशिफल में भी तमाम उपाय बताते हैं और चार भाग्यशाली विजेताओं के नाम भी की भी घोषणा करते हैं तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं देखिए दर्शकों इस माह के शुभ और अशुभ दिवस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले शुभ दिवस पर आते हैं तो देखिए एक तारीख हो गई चार तारीख हो गई पाँच तारीख हो गई छः सात आठ उसके बाद दस तारीख सत्रह तारीख फिर आपका अट्ठारह तारीख बीस इक्कीस तारीख बाईस तारीख तेईस तारीख 28 तारीख 29 तारीख आपके लिए सर्वदा शुभ दिवस रहेंगे प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 3 तारीख 12 तारीख 14 तारीख उन्नीस तारीख 27 तारीख और 30 तारीख प्रतिकूल दिवस है इनमें थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करिएगा किसी से दूसरे के लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा वाहन सावधानीपूर्वक चलाइएगा और किसी की चुंगली मत करिएगा इस माह आपके लिए जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कलर रहेगा वो रहेगा क्रीम कलर और दूसरा वाइट कलर भाग्यशाली अंक की बात करें क्योंकि जो लोग लॉटरी लेते हैं उनके लिए अंक दो और अंक सात ये सर्वथा आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेंगे उपाय पर आ जाते हैं आप लोगों को उपाय क्या करना रहेगा लेकिन दर्शकों फटाफट आप लोग लाइक कीजिए और कम से कम एक बार जय श्री राम का उद्घोष तो करिए जो भी हमने भविष्यवाणी की थी राम मंदिर को लेकर के एक बार आप लोग हाजिरी तो लगाइए राम के दरबार में तो नीचे आप लोग कमेंट करिए जय श्री राम चलिए उपाय पर चलते हैं तो प्रतिदिन आपको रुद्र कवच का पाठ करना रहेगा कुबेर मंत्र का आपको नित्य एक बार जाप करना रहेगा जो धन से संबंधित प्रयोग हमने प्रारंभ में बताया था केसर का गंगा जल का और दूध का पारस पर उसको आप लोग करिएगा नमः शिवाय मंत्र से स्नान करने के जो है जल में आपको थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा आपको जो है एक चुटकी हल्दी आपको डाल करके नहाना है इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि ओम श्रीम शिव तत्व श्रीम ओम इस मंत्र का आप लोग कोशिश कीजिए कि 21 बार डेली आप लोग जब आप लोग जो है जल चढ़ाएंगे पार पर तो इस मंत्र का जाप करके भी आप लोग जल, जल जो है चढ़ा सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा मारा यह राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन दबाइए हमारे इस जो है परिवार से जुड़ने के लिए प्रतिदिन का राशिफल पाने के लिए बेल बेलाइकन का दबाना जरूरी है इस वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कीजिए दीजिए इजाज़त और हाँ आप लोग वार्षिक राशिफल देखना मत भूलिए जा करके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है तो दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्वाय मित्रों